तू तू ही जाने तो क्या सोचता है तू ही जाने तू तो क्या सोचता है बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते जो हर से सपने सपने सपने बूंद बूंद बूंद बूंद को को जो कैसे मैं जैसा जैसा है है कोई कोई तारा तारा वो सकू अंजन रा